मेरठ बॉलीवुड ट्रेडीडी किंग कहे जाने वाली यूजुफ खान उर्फ दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे जिनसे सीखकर कई अभिनेताओं ने हिंदी सिनेमा पर अपनी गजब की पहचान बनाई बॉलीवुड से लेकर तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है सदी के महानाक से लेकर तमाम दिग्गजों ने इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें दिलीप कुमार से ही अभिनय का प्रेरण मिली है दिलीप कुमार के निधन पर देश आज शोक में है वही दिलीप कुमार का असहर से गहरा नाता जुड़ा हुआ है दिलीप कुमार के निधन पर लोग अपनी ताजा करते हुए कहते हैं कि आज भी उनकी फिल्मों के किरदार अमर हैं। मेरठ में चार बार के सांसद रहे जनरल शनवाज खान दिलीप कुमार के अजीज दोस्त थे बताया गया है कि वे अपने दोस्त के लिए चुनाव में वोट देने की अपील करने आते थे उनके बुलावे पर एक बार वह चुनाव सभा में मेरठ आए थे अभिनय के संस्थान बन चुके दिलीप कुमार ने पूरी आन के साथ अपनी समकालीन ही नहीं वरन आने वाले दो तीन पीढ़ियों के अभिनेताओं को भी प्रभावित किया शक्ति में उनके साथ काम कर चुके बिग बी अमिताभ बच्चन हो या बॉलीवुड के बाजा शाहरुख खान अभिनय के इस मुगले आजम को अपना आदर्श मानते हैं फिल्मों के माध्यम से इस इज्जतदार अभिनेता की राष्ट्र सेवा को केंद्र सरकार ने पूरा सम्मान देते हुए पद्मण दादा साहब फ़ाल के अवॉर्ड प्रदान करने के साथ साथ राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया